हाई फ्रेंड मैं तो ये हमारा साइड है जो चालू हुआ है तो ये देखो और पीछे भी एक साइड है तो उसमें पहले इसका कंप्लीट करके फिर उसके बाद अगले वाले साइड का काम है तो फ्रेंड आप लोग देखो मैंने कैसे वायरिंग किया है आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ वायरिंग हमने कल कर, कर लिया था और आज कुछ करना है तो हमारी एक पॉइंट यहाँ बनी है ये इसी का पॉइंट बना है और ये एक पॉइंट बना है यहाँ पे एक पॉइंट हमारे यहाँ बना है फिर और भी दिखाता आपको फ्रेंड एक पॉइंट हमारा दूसरा भी सर्किट आया है और ये सर्किट इस रूम पे आया है यहाँ पर यहाँ से ये दो सर्किट है यहाँ पे दो रूम के एक उस पल्ले वाले रूम के ले जाएगा एक सर्किट इस रूम के आएगा कोइंड हमारा यहाँ पर भी है आगे। आगे। आगे। आगे। देख सकते हो स्ट्रीट तो वायर को अब हम वापस खींचेंगे जो हमारे वायर है वो वापसी आ सके खींच रहा हूँ ये वो दो हमारी ढाई की है और ये और ये चार की तार है ये और ये ढाई की है वो दो भी ढाई की है ये डेढ़ की है डेढ़ की है ये एक कितार है तीन हमारी सर्किट खींचे जा रही है तो ये मैंने तार बांध दिया है अब उसके बाद टेपी कर दे उसके बाद उस वाले जो जीना देख रहे हमारे तीन कमरे की वायरिंग फारिंग हो चुकी है तो मैं आपको बैग कैमरे से दिखाना चाहता हूँ अभी शाम हो मोड़े छः बज गए हैं तो आपको बैग कैमरे से दिखाता हूँ भी वीडियो देखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें बिला को दबा लें मिलते हैं अगली वीडियो में